हेलो फ्रेंड्स मैं क्रिएटिव होममेकर मेकर डिबावीना हमारी जो एक्टिविटी होगी वो मोल्डेड क्ले को लेके होगी और ये जो एक्टिविटी मैं करने जा रही हूँ मैं अपने घर का नाम इस पे लिखूंगी तो आपको इधर हो चुका है और ड्राइवे के लिए जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके ऊपर हम आधे का अपना काम सुन रहे अभी है ये के तैयार और इसी बार पेंसिल से देखकर मैंने एक डिजाइन रो किया है ये, ये ठीक है अब क्या करेंगे हम करके हम्डर लेंगे और मोल्ड को इसके अंदर सेट कर देंगे मोल्डर की बहुत अच्छी खासियत है जिस चीज को आप जिसमें मोल्डर जैसे मिल्ड करना चाहिए वैसे मोल्ड हो जाता है और जैसे फिक्स करना चाहिए वैसे फिक्स होता है हमने इस तरीके से कर लिया मैं दूसरा इस तरीके से करूंगी फ्रेड मैं आप रेडी हमको ड्राइवर निकले छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए इसके अंदर उसके बाद कभी हल्प है हम इसको इस तरीके सेट करेंगे प्लेट कर हमारी हमारी पे हम लगाएंगे। तो में एक पूरी लगा है, हम लगाएंगे। देखिए देखिए एक में में पूरी लगा हैं, अब दूसरी दूसरी साइड साइड है। हो जाएगा तो यह बनेगा भी नहीं करेंगे शुरू में तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा लेकिन जब आप करेंगे ना तो आपको ये इजी लगने लगेगा हार्ड नहीं लगेगा मैंने तो इसके साथ बहुत तो काम किया है आपको भी मजा आएगा इसको करने में देखिए गाइस मैंने बन जाए अपनी पूरी उस पे ड्रा कर दिया है अब हम लेफ्ट साइड करना शुरू करेंगे इससे वो आगे की और क्रीम में जो लाइंस बन जाएंगी ना उससे ये एक्चुअली ओरिजिनल जैसा लगेगा जैसे सच में हमने क्रीम में टेढ़ी बनाया तो उसकी कोशिश करते हुए कोशिश करके ठीक हमारी टुट्टी बहुत ही अच्छे से हो जा रही है हमारा बहुत अच्छे से हो फ्रेंड्स देखिए हमारा दूसरा साइड भी लैंडिंग हो गया है अब हम यहां पे डिहट बनाएंगे ये फ्लास बनाएंगे कुछ खास बनाएंगे और उसके बाद हम मैजिक दिखाएंगे फ्रेंड्स अब कलर करना स्टार्ट करते हैं तो हमने थोड़ा सा डक्कर लिया है ताकि ऊपर जो हम कलर दे रहे हैं वो हमारा डार्क ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन निकल कर आए अब हम बाइक कलर दे रहे हैं और इससे इसको मिक्स मैच करेंगे तो अपने आप ही ये अलग-अलग निकल के आएगा आप देखेंगे लिया है, अब हम अपने को कलर कर रहे हैं। हैं। हैं। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स अब हमारा टेकी टेकी एक साइड की की जो से तैयार हो चुकी तो अभी हम दूसरी तरफ बनाना स्टार्ट करेंगे कलरिंग हमारी भी फिर सभी आप देख सकते हैं कि हम अभी टूल ला रहे हैं फर्दुवर की मदद से हम अपना ये जो ग्रास है इसको फिक्स करेंगे देखते हैं अपनी वाली ग्रास लेके तैयार हो गया थोड़ा सा वाटर की हेल्प से इसको नीचे फिक्स करने की कोशिश करेंगे ताकि ये इनके जॉइंट्स जो है खुले हुए ना रहे थोड़ा सा पिंडर में वाटर लेंगे और उसके बाद हम इस पे ऐसे करके रब करेंगे तो ये आपस में फिक्स हो जाएंगे जॉइंट इनके दिखाई नहीं देंगे कि ये जॉइंट है देखो वैसे लग रहा है कि इसमें नीचे जॉइंट है चलिए अब हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें ग्रास बनाए ग्रास के बीच में छोटे छोटे हम प्लांट लगा रहे हैं जो हमने देखा हमें देखा सामने हमें छोटे ग्रास में जाते हैं जहां पर फ्लार्स होते हैं कुछ बच्चे होते हैं हमें तो बस बढ़िया हटेल करने कोशिश कर रहे हैं देखिए हमारी जो छोटे प्लांट है उन्होंने चुके हैं और फ्लाएंगे हमारे सारे क्लास में रेडी है अभी हम हाउस बनाएंगे हम हाउस बना रहे हैं भैया देखिए मैं थोड़ा नाइक हेल लेकिन मुझे कट लगाने प्रॉपर सेट करना है फ्रेंड सभी देखिये की हमारा जो हाउस है उसकी विंडो और हाउस का डोर लगे रेडी हो गया है हाउस की आउटलाइंस भी बनती है अब हम इसको पूरी डिटेलिंग करते बाकी है। जैसे कि अभी हमारा हाउस बंड के रेडी है। अब हम हाउस की जो रूफ हमने बनाई है वो घास पूस जैसी होगी तो उसके हम थोड़ी तो डिटेलिंग करेंगे। पैसल्टी हेल्प से थोड़ा सा जैसे हमने उसके ऊपर किया था ऐसे ऐसे करके। पानी लेंगे हल्का सा ताकि इसके ऊपर जो डिटेलिंग करें वो बहुत ही फाइन आए। फ्रेंड्स देखिए अभी हमारा ये हाउस पूरी तरह से बनकर रेडी है और अब हम इसको कलर करेंगे इसकी लीव्स को और तब तक ये सारी चीजें सूख जाएंगी। फ्रेंड्स अभी हम क्या कर रहे हैं ग्रास को कलर कर रहे हैं। हम ये कलर तैयार ग्रास को। अब ग्रास है तो ग्रीन तो दिखनी चाहिए ना? इसियन को ग्रीन कलर से कलर करते हैं फिर देखिए हमारी अभी जो ग्रास थी इसमें कलर पूरा हो चुका है अब हम ग्रास का कलर करेंगे तो ग्रास को थोड़ा सा और अच्छा सा वाइट सा कलर देंगे और जो लीव्स तो हैं उनको डाल देंगे कलर करके बीच में छोड़ देंगे तो दिके हम बैठेंगे में करेंगे, तो मैं कर ग्लास तो कलर है ग्लास कलर से ये जो डोर है इनको कलर करी हुआ फ्रेंड्स देखिए बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है ये आपको अगर पसंद आता है तो आप भी ट्राई करिएगा फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी दे और फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऐसी तरीके के कुछ क्रिएटिव वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए इस मेरे चैनल पर मुझे फॉलो और सपोर्ट जरूर करिएगा थैंक यू